मेरी <laughs> <ने ना। laughs> का बहुत चढ़ी <laughs> so हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी स्व करते तो आज मैं अनु की तरह जीवन और अनु आयु की तरह आपने अगर देखा होगा हमारे अनु अब दोनों अपोजिट तो मतलब मैं होगी नेगेटिव पोल पोल और ये पॉजिटिव एंड एंड वी डू नॉट गाइस वीडियो क्योंकि अपोजिटमी हम लोग अपने कपड़े चलो थ्रें तो मैं बन गई हूँ अनुष्का मुझे दुनिया से सबसे ज्यादा सुंदर लड़की हूँ ना सुंदर पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करना इंस्टाग्राम आरोप कीजिएगा क्योंकि हमें <laughs> क्योंकि हमें तक जल्दी पहुँचना है और कान पे गाना बजाना होगा ऐसे। ऐसा है मैं मेरा प्यारा कब उठेगी? ऐसी बंद कर रही oh no. चांद हो जाएगा सोती रहती है चौबीस घंटा आलसी कई की तुम्हें कोई इतना लेट हमेशा उठाती है, है। अच्छा मैं लेट उठाती हूँ मैं ना अभी जाकर मेरे कॉफी बना ली जल्दी तैयार हो अपने आप को इधर रखूंगी अब हम अपनी चुड़ैल को कॉल करते हैं मीरा। मीरा ये चुड़ैल कभी फोन नहीं उठाती मीरा अरे मेरा चश्मा मैं कैसे भूल सकती हूँ मेरा ब्रांड न्यू चश्मा मैं तोड़ती रहती पहले ही पड़ेगा। चश्मा कितना अच्छा है। चश्मे के बिना अच्छा लगे चश्मा के साथ। अगर आई पुट द चश्मा बाहर आपने आपने जो उसके वाला दिया था, उसको पर किया क्या? नहीं नहीं किया मैंने, sir, किया। रुको आपने आपने जो उसके वाला दिया था, ही मैंने सर अब हमारा स्कूल का खत्म होता है आप देखते हैं कि अनु क्या कर रही है अनु चश्मा पहला अपना मम्मी में में मैं बाद मेरा रहा है है लेट हो ये लड़की ना कभी भी नहीं तो यही रहता। भी भी जो भी वीडियो सीरीज देखेगी तो के ये अब स्कूल हो गया। तभी मैं अनु की एंट्री उसने पूरा ईट उठाई इतना थक गई। है ये ये मेरे आधे स्पेस में आ रहा है आए, आए, आ, मैं आए, आए, आए। ये है वो है पड़ता ए मेरी मेरी जगह जगह नहीं सकता वो उसके पास भी दिल है उसका दिल को हर्ट हो गया था उसके पास भी फीलिंग कल करेंगे, कल पका, पका। कल कल कल को को काम काम है है है अरे नहीं भी से से पक्का पक्का पक्का वाला मेरे मोटी हो रही यार को ना पतला होना है करना मेरी देख तू कितनी पतली है यार ठीक है मैं काय दूंगी जो तू इतना बोल रही है लेकिन अब ₹500 फीस ओह नो गाइस रिजल्ट आएगा तो दे दूंगी उसके बाद मैंने को दे दूंगी ₹300 एडवांस दे दोगे फिर दोस बाद अरे एडवांस कौन देता है अभी दुनिया लेती है अरे नहीं साहब तुम ही काम के तेज से मोटी हो रही मम्मी आप तो समझी हो रही हो मेरी गलती नहीं है मैं मोटी हो रही हूं तुम लोग की गलती है आपकी गलती है गुस्सा आ रहा है मुझे अब एक बार कर, करती अगर नहीं उठाया तो देखना मैं उससे बात नहीं करूंगी तीन दिन तक बात नहीं करूंगी हेलोक आई एम आयुष का ये देखो मेरी प्यारी हुआ है बाल यार कप, कम से कम बाल तो बना लिया करो अरे तो वो झाड़ा तो खुद ही निकल जाते पता नहीं क्या होगा लो है ठीक कर दिया तेरा ही ब्रश हो गया ना ये तो रात को लिपमंक लगाई है पागल है क्या कहीं परी चुराने आई कोई अगर मैं सो रही हूं कोई किडनैप करने तो अच्छा तो दिखना चाहिए ना प्रेजेंटेशन भी खराब हो सकती है oh, ओह no. नो पागल है तू एकदम चल तू आ मैं। नहीं मैं नहीं ले आ लूं बड़ा नहीं है था था था था, तो का भाई था क्या क्या यार तू तू तू ऐसी ऑन ऑन कर कर कभी नहीं करती है। <स्थाँगा> मेरा आईडी। है। तो क्या था। अरे, अरे तर, बस तो, एक तो एक वो सॉफ्ट मैं नखरे मत और आइयो अभी तक तुम पढ़ ही रही हो करो बुक। देर और खत्म अभी मैं मैं इसी के वजह से सो नहीं लाइट ऑफ कर कैसे सोंगी यार हो तू नहीं बोला था रखने को झूठी मेरे पैर भी देखो ना यार ऑफ करने लाइट में सोने से। थे। ठीक है ममा मैं सोने जा रही हूँ इस तरह आपको हमारा वीडियो ये जांच कर में तो हमें बहुत मजा आ रही हम लोगों के लिए इधर से की एक्टिंग किया हम लोग जरा थोड़ा डिफरेंट वे में रहता है एंड तो और तो, तो बहुत मजा आया जांच कर में मुझे अभी हम लोग तो इतना हंस रहे थे मम्मी भी आ गई थी तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना instagram पे शेयर करना मुझे हमें फॉलो करना सभी को शेयर करना एंड जरूर मजा सब्सक्राइब करना जिससे कि हम 1 मिलियन तक पहुंच सके तो मिलते हैं मैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय गुड नाइट गुड नाइट